लोग कहते हैं कि उल्लू आ गया और जहां उल्लू होता है वहां उजाड़ होता है ये बर्बादी की अलामत है उल्लू इस्तियारा बना लिया बर्बादी का और ये हमारा खुद साख्ता एक तस्वर है कि जिस जगह पे उल्लू बोले उल्लू बैठे तो वहां बर्बादी आ जाती है अजीब फलसफा घड़ लिया उल्लू के बोलने से बर्बादी कैसे आएगी और अंदर का नफ्स उल्लू बन गया तो फिर बर्बादी आएगी